भरी सभा में नाचने ला महिमा सिंदूर का बखानन ला जा भरी सभा में नाचने ला महिमा सिंदूर का बखानन ला गले लगा लो मेरे राम बजी लल लाल हो गया लगा लो राम लाल हो गया मैया मस्तक पर लगाए उसको लगा के आया मैया मस्तक पर लगाए उसे लगा के आया लाले सिंदूर तुझे प्यारा मैया ने समझाया लाल सिंदूर तुझे प्यारा मैया ने समझाया मैया तो लाल लगाए ला चुटकी भर में भरपाए मैंने किया है स्नान पर लाल लाल हो गया किया है हसना बजरंगी लाले लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजरंगी लाले लाल हो गया मासल मासल के सारे कंठे लगाया तेरा बन जाऊं प्यारा मन में ये आया मसल मसल के सारे कंठे लगाया तेरा बन जाऊं प्यारा मन में ये आया उनको ये पहले किमने बताया मैया का मानू यह सार बजंगी लाले लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाले लाल हो गया परिचा भा नाचने नाचन लगा महिमा सिंदूर का समझाम लगा गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजंगे लाल लाल हो गया हनुमत के भोलेपन पर गदगद गद हो गए राम हनुमत के भोलेपन पे गदगद हो गए राम दुनिया में तेरे जैसा भक्त नहीं हनुमान दुनिया में तेरे जैसा भक्त नहीं हनुमान सीता से ज्यादा तुमको प्यार करूँगा हरदम तुम्हारे संग रहूँगा हरदम तुम्हारे संग रहूँगा देता हूँ मैं जुबान बदरमी लाल लाल हो गया गले लगा लो मरे राम बदरमी लाल लाल हो गया पर सिंदूर चढ़ाए उस पर कृपा करूँगा तो तुझ पे सिंदूर चढ़ाए उस पर कृपा करूंगा बनवारी सारे भक्तों का काम करूँगा बनवारी सारे भक्तों का काम करूँगा बाह पकड़ के गले लगाया आंखों में आ तू दिल भर आया मिल जो भट्ट भगवान बजरंगी लाले लाल हो गया गले लगा लो मुरे रामा बजरंगी लाले लाल हो गया भरी सभा में नाचन ला जा महिमा सिंदूर का संध्यान ला जा गले लगा लो मेरे राम बजरंगी लाले लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजरंगी लाले लाल हो गया बजरंगी लाल लाल हो गया बजरंगी लाल लाल हो गया बजरंगी लाल लाल हो गया बैजंगी लाल लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बैजंगी लाल लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाल हो